ट्रेन में जाए रिक्शा में जाए या कार में जाए हम तो प्यार मोहब्बत भाड़ व जाए सच्ची भाड़ व जाए